तो आ, मैं जीतू मिश्रा मेरे साथ है, से है है है है से और और और ने जो बताया है मुझे इसको नेक और पे, बैक रहता है, ये है, में ही हो कहीं काम करते हो में काम किया, भी किया। बाहर भी काम किया बाहर काम किया बाहर बुल्गारिया में बल्गेरिया तो अच्छी जगह है ना यस ओके सो दिल्ली में बहुत सारे डॉक्टर के यूट्यूब देखा है बट आपके ट्रीटमेंट और आपके क्लिनिक मेरे को ज्यादा अच्छा लगा इसलिए मैं आपका अपॉइंटमेंट लिया है आज से ठीक है थैंक यू कोविंद और व्यूवर्स आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो दिखाने कोशिश करेंगे कुछ टाइम से हम भी थोड़े से लेजी थे ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस नहीं दिखा पा रहे थे, होते थे होते कम कम और अपना भी इंटरेस्ट शो करते रहिएगा ज्यादा चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और जो लोग भी बांग्लादेश से देख रहे हैं उन सबको थमस यू और जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाते हैं आउट करेंगे शांस लेंगे. शांस. Nice. Nice. करेंगे नाइस नाइस तरफ वेरी गुड उस ये okay. <laughs> बहुत <था>? <laughs> <laughs> है <आले> नीचे <laughs> करेंगे ये बहुत क्विक एडजस्टमेंट और एफिशिएंटली इसका सारा एडजस्टमेंट हो गया कैसा लग रहा है आप तो अच्छा लग रहा है बेटर कर रहा हूं। और मैंने इससे पहले कपिंग और मीटिंग भी की थी यस फर्स्ट विजिट थी तो कुछ तक ये ज्यादा से के लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे फॉर तुमेंगली में या बांग्लादेश से कुछ बोलना चाहते हो बताओ ए, मेरे बांग्लादेशो बाय बांग्लादेशी भाई लोग के बोलते सी जे मैं এখানে सारे अनेक वीडियो देखसी सारे सारे अनेक अनेक में अनेक डॉक्टर के वीडियो दे, देखसी किंतु सारे वीडियो मतलब बहुत अच्छे और मैं बहुत फॉलो क्वेश्चन आगे दिल ये जो नेkhane आसी আপনারা जरा आते जानी नेक पेन और नेक पेन के लिए सर का सास्ते পারেন আমার টেকনোলজি ভালো सो थैंकू फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया बट एंड में भालू समझ आया so भालू हर इंडियन को एक चीज समझ आती है प्लीज डू लाइक कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछना भूलिए मैं सारे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ बट आप कई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उनका यही जवाब होता है कि आप अपने आस के डॉक्टर से मिले या मुझसे मिले और चैट में या आपके कॉमेंट्स में बहुत लंबा जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे सुबह से शाम तक आते हैं जो भी मैं एक शॉर्ट जवाब दे सकता हूं वही मैं आप लोगों को आंसर दे पाऊंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एस